सूत्र कौन दलित ना कभी हिंदू था न उसे कभी हिंदू माना गया इस बात को बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन लंदन में सिद्ध कर चुके हैं जिसे ब्रिटिश सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था इसलिए कहना कि दलित हिंदू धर्म छोड़ दें एक मूर्तापूर्ण बात है दलितों का सत्यानाश विवेकानंद ने, ने किया जब उन्होंने भारत विभाजन की नींव डाली और कहा कि गर्भ से कहो कि हम हिंदू हैं वे भी कह सकते थे कि हम भारतीय हैं हम जम्मूद्वीप के वासी हैं हम महान सम्राट अशोक के धर्म को मानने वाले बद परंतु वह और जाति के अहंकार से ग्रस्त थे मुस्लिम से नफरत करते थे, इसलिए उनके दिमाग में इतना ही आया कि महान संस्कृति को मानने वाले हिंदू हैं उनके इस भाषण के कारण धर्म पर आधारित हिंदू मुस्लिम विभाजन की नींव पड़ी और धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया यही धंस आजादी के समय सन 1947 में भारत की जनता को भोगना पड़ा है भारत को विभाजित कर दो देश भारत और पाकिस्तान की नींव पड़ी है युवा बौद्ध अपने अतीश से अनजान थे और किधर जाए वे भी स्वयं को हिंदू कहने लगे जबकि उनको समझाया गया कि तुम हिंदू नहीं हो मंदिर प्रवेश में उन पर प्रतिबंध लगाया गया मूर्दलित कोई ये बात समझ नहीं आई क्योंकि भारत में बौद्ध साहित्य नष्ट कर दिया गया था इस कारण युवावाद धर्म विहीन हो गए कुछ सिख लगे कुछ क्रिश्चियन कुछ मुस्लिम आदि इस बात की खोज बाबा साहब ने की कि दलित कौन बताया कि दलितों का विजय स्थम भीमापोरा गांव में है जो 1 जनवरी 1818 को स्थापित किया गया था तथा दलितों का धर्म बौद्ध है इसलिए दलितों को हिंदू धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी पकड़ा ही नहीं था सभी दलित आरम्भ से प्रकृति के पूजक रहे हैं आनंद बोधि वृक्ष भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित इस इसलिए दलितों को बहुत धर्म ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे मन कर्म और वचन से जन्म बहुत जाने जाते हैं